ोखे ची मे दोखे चिथिमे दूरपाल महालक्ष्मी खेल खेला मोर धान खाटो नामो शेर सेरो, सेरो लोकर धान हाथी पाती मोर धान भरभर छाती खाटो नामोर जा तोर ऊ पर मोरा मोरू पर बोरा कत गल पु की मिचो, राम रहीम नाम समान रत माई को पहचान राम रहीम नाम समान रत माई को पहचान चर्च गुम्ब फेरो बाहे उठ जाग टुंग घर में बारह बजे घंटे रे बाहे उठ जाग बिहान भयो मंदिर मशंक बजोरे रहीम नाम समान सपआ माई दुफी छजा बबा रे राम रहीम नाम समान सपआ माई खुफी भजाम बवाजे राम रहीम नाम समान सपआ माई दुफी छी भजाम